जे जुआ जतकु जोहार सरी न ओय तेहि अडी मोच संताली सोशल सॉन्ग बिनाव जाम करना नोआना लिरिक्स अडी मीनिंगफुल गे आनुआना म्यूजिक को अडी जेर गे तिला नोआ सरी डंगिर बुं तहन मान हे आर्मिटि कथा ए स्टीफन टुडू अबुआ चिकी संताली चिकी ओल चिकी इन सापोर्टना जब आ रे तो अबुआ चिकी संताली चिकी बन सापोर्ट हे चिकी लड़ाई नियम धारा दाराला तरीका और सामाजिक वन लड़ाई मैं इपिसक एपेहेड खफरिया YouTube तो लड़ाई हम मैसे लाहा